ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है मेरे हमनशीनों ये दुनिया फ़ानी है यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला ये दौलत ये शोहरत, ये नाम सब को एक ना एक रोज़ मिट जाना है ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई इस दुनिया के बारे में शेख फरीदुलद्दीन आता रहमतल्ला ने कहा है ज़ाल दुनिया चूँ आरूस आरास तस्त दर दो रोज़े दी गे शोहर खास तस्त यह बूढ़ी दुनिया एक दुल्हन की तरह सजी हुई है किसकी तरह एक दुल्हन की तरह सजी हुई है इस दुनिया को हर दूसरे दिन एक नया इंसान चाहिए होता है तो ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई आज अगर तुम्हारे पास दौलत है तुम्हारे पास शहरत है तुम्हारे पास ताकत है तो कल ये दौलत ये शहरत की ताकत ख़त्म हो जाएगी परसों ये किसी और के पास होगी उसके बाद किसी और के पास होगी ये दुनिया कभी एक शख्स की नहीं हुई आप ईरान जाकर देखिए जमशेद के खंडरात अभी भी इस बात की गवाही देंगे कि दुनिया कितनी बेवफा है और आप मिस्र जाइए वहाँ के अहराम में मफफून फ़्रों की ला फिराउनों की कब्रों को देखिए आप उनसे सबक लीजिए कि ये दुनिया कितनी बेवफा चीज़ है ये दुनिया कभी किसी की नहीं होती आप बहुत पीछे मत जाइए आप जमशेद के दौर में मत जाइए आप फ्रौनीों के दौर में मत जाइए आप अभी इस वक्त में हमारे हिंदुस्तान के मौजूदा दौर के अंदर सिर्फ अभी एक हफ़्ते कबल के दौर को ले लीजिए हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत मज़दत शहरी बहुत अमीर तरीन शख्स गौतम इडानी जिसे सिर्फ़ एक रिपोर्ट हंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की वजह से वो टॉप तीन अमीर तरीन शख्सियात में से गिरकर आज टॉप टेन से भी बाहर चला गया दस नंबर दस अमीर तरीन शख्सियात की लिस्ट से भी बाहर पहुंच गया क्या उसने कभी ये सोचा होगा कि वो सिर्फ़ तीन चार दिन के अंदर वो भी सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से इतने नुकसान में चला जाएगा इतना लॉस हो जाएगा उसको क्या उसने कभी सोचा था नहीं कभी नहीं हर इंसान को यही लगता है कि उसने उसके पास जो जो दौलत है अया सबु अन्ना मालहू अखलदा कुरान करीम कहता है कि इंसान ये गुमान करता है कि उसका माल हमेशा रहने वाला है कल्ला हरगज़ नहीं हरगज़ नहीं ये माल हमेशा ना तो रहने वाला है ना ही इंसान को हमेशा ज़िंदा रखने वाला है अल्लाह पाक ने इसी बात की नफी की है कल्ला हरगिज़ नहीं कि इंसान का, हमेश, का माल उसे हमेशा हमेशा नहीं रह सकता इंसान का माल उसे हमेशा ज़िंदा नहीं रख सकता बल्कि हर चीज़ को एक नगरोज़ फना हो जाना है हर चीज़ को एक नागरोज़ ख़त्म हो जाना है इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि किसी भी शख्स की बुराई पीठ पीछे ताना पीठ पीछे गिबत और किसी के मुँह पे तानाजनी मत करो ऐसे चीज़ों से बचो ऐसी लघु चीज़ों से बचो इसी में हमारी भलाई है मेरे दोस्तों मेरे हम नशीनों ये दुनिया बस एक नाक्रोज ख़त्म हो जाना है अपना काम है लोगों के साथ भलाई करना लोगों को अपनी ज़बान से अपने काम से अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुंचाना क्योंकि अल्लाह तबारको ताल के यहाँ जो सबसे ज़्यादा पकड़ होगी वो इसी बात पे होगी कि हमने किसी ना किसी का हक़ मारा होगा किसी का दिल दुखाया होगा किसी को तकलीफ़ पहुँचाई होगी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताल हमारी पकड़ करेगा और हुकूक फ्कोकल्ला का अगर मसला है तो अल्लाह तबारक व ताली उसको एक ना उसको माफ़ कर सकता है क्यों अल्लाह पाक वो अख्तियार अल्लाह पाक चाहे माफ़ कर दे पाक चाहे पकड़ कर ले लेकिन जो हकूक़ालबाद है अल्लाह पाक उसमें मुख्तार नहीं है उसका इख्तियार अल्लाह पाक को नहीं है उसका इख्तियार बंदे को है जिसके साथ तुम्हारा मामला जुड़ा हुआ है जिसके साथ तुम्हारा मामला जुड़ा हुआ है अगर वो शख़्स तुम्हें माफ़ करेगा तो आपको माफ़ी मिलेगी यहाँ पे अल्लाह तबार को तला उसका हक़ हाँ माफ़ नहीं कर सकता और मैदान मशर में क़्यामत के रोज़ हर शख्स को ज़रूरत होगी नेकियों की वहाँ पे वो शख्स भी आपको माफ़ नहीं करेगा बल्कि वो भी यही चाहेगा कि आपकी नेकियों में से कुछ नकियाँ उसे दे दी जाएं जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला के अजाब से बच जाए जहन्नम के अजाब से बच जाए और किसी तरह से किसी भी तरह से उसे अल्लाह तबारक वाली की रजामंदी हासिल हो जाए अल्लाह त उस पर फसल करम हो जाए उसे जन्नत में दाखिल होने का मौका मिल जाए इसलिए मेरे दोस्तों मेरे अजीज किसी को अपनी जात से तकलीफ़ मत पहुंचाओ और ये दुनिया एक नेक्रोस ख़त्म हो जाना है एक नेक्रोस इस दुनिया को मिट जाना है इस इसी दुनिया के बारे में कहा है हमारे बड़े नसीहत करते रहते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है यहाँ लोगों को एक दूसरे से नसीहत हासिल करनी चाहिए लोगों के अनजाम से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि फ़लाँ शख्स जो कल इतना बड़ा था आज क्या हो गया आज वो ख़ाक में मिल गया कल जिसकी शहरत का डंका गलियों गलियों में बज रहा था आज उसको कोई जानता भी नहीं आज उसे बच्चे भी नहीं जानते इसलिए मेरे दोस्तों मेरे अज़ीज़ों अल्लाह तबारक वाला से लो लगाओ और ख़ास कर जो बंदों के हकूक़ हैं उनमें अच्छी तरह से पेश उनको अच्छी तरह से अदा करो ताकि कल आखरत में अल्लाह तबारक व ताली का अगर फ़ल्ल हो अल्लाह पागर आप आपके ऊपर से अपने हकूक माफ़ कर दे तो हकबा